दोस्तों बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान आज भी बॉलीवुड की सबसे दिलकश फिल्मों में से एक है जिसमें सलमान खान और करीना कपूर खान ने मुख्य जोड़ी के रूप में काम किया और दोनों के बीच खूबसूरत लव की मिस्ट्री भी दिखाई दी दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म का सीक्वल कन्फर्म हो चुका है लेकिन सीक्वल में करीना कपूर खान सलमान खान के साथ मुख्य जोड़ी में नहीं दिखाई देंगी वैसे अभी इसी को लेकर खबरें चर्चा में हैं एक इंटरव्यू के दौरान पता चला है कि फिल्म में करीना कपूर खान की जगह और किसी अभिनेत्री को दी जाएगी उस अभिनेत्री का नाम जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहे दोस्तों करीना कपूर खान और सलमान खान ने बैक टू बैक कई हिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पे दी हैं और पब्लिक को ये जोड़ी काफी पसंद भी आई अब देखना यह है कि बगैर करीना कपूर खान के बजरंगी भाईजान टू पब्लिक को पसंद आती है या नहीं बहरहाल किसी का भाई किसी की जान के गाने रिलीज के बीच दर्शक सलमान खान और पूजा हैगड़े की जोड़ी को भी काफी पसंद कर रहे हैं इसलिए अब अफवाह मिल रही है कि बजरंगी भाईजान तुम्हें सलमान खान के साथ करीना कपूर खान की जगह पूजा हैगड़े ले सकती है बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार एक करीबी सूत्र से पता चला सलमान खान ने पवन पुत्र भाईजान में करीना कपूर की जगह पूजा हैगड़े को लिया है हालांकि अब ये देखा जाना बाकी है की पूजा हैगड़े फिल्म में एक नया किरदार निभाएंगी या बेबो की भूमिका निभाती नजर आएंगी फिल्म के निर्देशक विजेंद्र प्रसाद ने भी पुष्टि की है कि बजरंगी भाई जान के सिक्वल पर पहले से ही बातचीत चल रही है क्योंकि सलमान खान को सीक्वल की कहानी काफी पसंद भी आई और भाईजान सलमान खान को कहानी की रूपरेखा भी दिखाई और उन्हें ये भी काफी ज्यादा पसंद आई अब बस शूटिंग शुरू करने की समय सीमा तय करने के लिए भाईजान की यहाँ का इंतजार है दोस्तों फिल्म में करीना कपूर खान को पूजा हैगरे से रिप्लेस करना सभी के लिए थोड़ी हैरान करने वाली बात है हाल ही में दोस्तों पूजा हैगरे और सलमान खान के बीच कथित रूप से रोमांटिक रिश्ते में होने को लेकर कुछ अफवाहें सामने आई लेकिन फिल्म अभिनेत्री ने इन अफवाहों को सिरे से नकारते हुए कहा कि बॉलीवुड के भाईजान के साथ वो अपनी दोस्ती को लंबे समय तक बनाए रखना चाहती है बस और कुछ नहीं दोस्तों करीना कपूर खान को बजरंगी भाईजान टू में नहीं लेना आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं